तू आवेगी सालती बनेगी जल से ढाबे को ना मेरे हाथ ही प्यार से खून खराबे को ना अरे मैडमी डाडी तो ऊलाखी हम बाबे को ना